वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है माँ कसम हरियाणा को तो मजा आ जाता होगा अरे जावेद बड़ा मोटा हो रहा है भाई जींस में भी दिख रही है क्या भाई हेलो <laughs> तुझे कह रही सुनू प्रेग्नेंट। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अरे मुझे सीट सकती है क्या मुझे ज़्यादा तक खड़ा नहीं हो पा रहा लो, लो, लो, लो, लो, लो। मुझे कुछ है। सुनना है। कुछ सुनना ब्रेकअप। मालिक गरीब को कुछ दे दो ले भाई ले ले भगवान तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दे नहीं नहीं मैं इस दूर नहीं रह सकती आज तक ते तेरा मारा रिश्ता खत्म एक दूसरे के सारे गिफ्ट उल्टे करेंगे चल ठीक है तो मोबाइल का रिचार्ज शुरू कर के बात, तेरे मजाक भी नहीं कर सकती। भाई। हाँ भाई। कोई सुना? अच्छा तो सुनो फिर मैं 40 किलो का पुरुष वो 60 किलो की नारी वाँ। वाँ। वाँ। वाँ। वाँ। वाँ। वाँ। वाँ। मैं 40 किलो का पुरुष वो 60 किलो की नारी वजन से ही दबकर मर गई मोहब्बत हमारी भाई पुलिस की गाड़ी आ रही है माक्स लगा लो मास्क महताब भाई हाँ भाई भाई यार उसको ब्रेकअप ही करना था तो पहले कर लेती हाँ। ब्रेकअप से पहले तीन महीने वाला रिचार्ज कराने की क्या जरूरत थी ऑनलाइन लड़ाई भी जीत सकता है ऑनलाइन लड़ाई वही जीत सकता है जिसके टाइपिंग स्पीड तेज हो आ, जी हाँ और वो मैं हूँ मुझसे कोई नहीं हार सकता आ, <laughs> <थी वोड़ी। laughs> क्या बोला यही पहले क्या बोला बोला तूने पहले चल चलो जाके करो मेरे बच्चा किधर रहता है तू नही रहू मुरादाबाद अरे यार तेरे अंदर एक हुनर है तू कला है एक तू कुछ है बेटा कुछ है तू आप तो हूँ लेकिन हूँ क्या तू है गेटा <laughs> रमत भाई हाँ भाई हमें तो अपनों ने लूटा हमें तो अपनों ने लूटा और गैरों ने भी दोनों के दोनों हरा निकले ठोक दीजिए भाई हाँ भाई कल ना एक शादी में बारात काफी लेट हो गई मैं तो दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा सोचा कहीं थक हार कह दे बेटा हमारी इज्जत तुम नहीं रख लो लाल वाली को देख जहर हो रही है अरे तू तो लड़की है ना अबे दिन भर तुम लोगों के साथ रहूंगी तो हरकतें तो आएगी ना मोनू भाई समय का पहिया जो होता है नो जरूर घूमता है देख पहले एक राजा के पास दस रानिया होती थी अब एक रानी के पास दस राजा होते हैं ओके वे आर यू फ्रॉम बिहार hmm. और कितना पढ़े आप देते तुम्हारे जितना मेरे जितना मतलब हम भी बेरारी फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> का हलवा आ, बस ठीक आपका क्या है डी ए पास पास कर लिया था हाँ कर लिया था माँ कसम खाइए ना एक बार दूध मांगोगे तो खीर देंगे वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो खीर नहीं देंगे लाइक करो उसको चाहिए खीर लगवा दे बिल्लू अल भाई आमिर भाई पैसे के पैर नहीं होते फिर भी बहुत तेज वक्त यार तुम बहुत मुँह छो करने लगे आजकल लो भाग यार यार ये कहावत कहावत थी अरे इससे तू टाइम की करता दे, दे, मारेगा दे, देख भाई <laughs> आमिर तेरे भाई को भी अब किसी चीज की कमी ना चार पाँच करोड़ का मालिक है अबे यार आमिर ये जावेद आ रही छूटते तो मारेगा यार ये तू मेरे पीछे आ जा आज मैं भी देखता हूँ तुझे कौन हाथ लगाता है हामिर तू आगे वरना आज तू भी पीटेगा पहले भी कुछ लोगों ने आकर मुझसे ऐसी कहा था आज वो जिंदा नहीं है। हैलो गाई लाइक मत करना पर सुनना जरूर पानी पीना है तो ग्लास से पियो। बिस्लरी बोटल में क्या रखा है पानी पीना है तो ग्लास से पियो। बिस्लिरी बोटल में क्या रखा है अपने माँ बाप की दिल ऐसी करो इन लड़कियों में क्या रखा है नुमानी भैया बोलो भाई ये मौका किसे कहते हैं मुझे नहीं पता तुम ही बताओ जब बीबी के गाल पर मच्छर बैठा हो चटा मार दो भाई भाई भाई क्या फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसे कमाना चाहते हो तो दोनों को डिलीट कर दो और काम धंधे पे लग जाओ हाँ? हाँ? भाई भाई। तो शादी क्या होता है ये समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी कर ली अच्छा अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि विज्ञान क्या होता है बर्बाद सुनिए बोलिए क्या मैं आपकी रानी बन सकती हूँ पहले मुझे तो राजा बन जाने दे। <laughs> यार अपनी दोस्ती को भी कई जमाने हो गए हाँ ये बात तो है बहुत साल हो गए बच्चा अभी तक न हुआ <laughs> ये बात तो है यार वो यार मैं एकदम हो बच्चा करवाना भाई साहब होलसेल का काम है खुद का आई लव यू सॉरीफ्रेंड तुम तो ना एक बॉयफ्रेंड होता नहीं नही सबको <laughs> <laughs> <laughs> और <laughs>